हाय फ्रेंड्स आई एम सत्यम आज हम सभी लोग जानेंगे आर्टिकल के बारे में जब हम एसएससी के एग्ज़ाम हो गया और रेलवे का हो गया है बैंक का हो गया पीओ का हो गया और इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया इन सभी एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो उसमें आर्टिकल से एक से दो क्वेश्चन आते हैं और हम सभी लोगों को इसका रूल नियम पता होना चाहिए जिससे हम सभी लोग एक से दो नंबर कम से उठा पाएँ और नहीं मालूम होगा तो इससे क्या होगा कि एक से दोनों नंबर हम लोग ले नहीं पाएंगे चुप जाएंगे उससे और हमारे एग्जाम में एक दो नंबर बहुत मायने रखता है तो आइए हम सभी लोग आर्टिकल के बारे में जानते हैं आर्टिकल होता क्या है आर्टिकल यानी कि आर्टिकल का जो हिंदी अर्थ है उसका अर्थ है पूर्व पद यानी एक ऐसा पद जो नाउन से पहले उपयोग किया जाता हो लगता हो उसको आर्टिकल कहते हैं आर्टिकल दो प्रकार का होता है पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल ओके दूसरा होता है इनडिफिनिट अब डिफिनिट आर्टिकल में आता है द डिफिनिट आर्टिकल में हम सभी लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे द का प्रयोग यानी कि द का प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे इसके बारे में जानेंगे ओके और दूसरा क्या है इनडिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल में हम सभी लोग क्या जानेंगे ए का प्रयोग और ए एन का प्रयोग अक्सर लोग ए और ए एन का प्रयोग में कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों के अंदर रहता है कि ए का प्रयोग कहाँ हम करेंगे और ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे तो इसको हम सभी लोग आज अच्छे तरह से सीखेंगे तो सबसे पहले हम सभी लोग सीखेंगे सेकेंड नंबर इनडिफिनिट आर्टिकल ओके तो सेकेंड नंबर इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है ए और ए एन का प्रयोग <coughs> तो इसमें आप आप लोगों के सामने तीन रूल्स लिख चुका हूँ मैं पहले से ताकि वीडियो जो है ज़्यादा टाइम का ना हो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपके सामने पहले से लिख चुका हूँ ठीक है तो इसका पहला रूल है आर्टिकल प्लस नाउन यानी कि जब सेंटेंस में कोई नाउन आया हो तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिखा हूँ देखिए आई एम आ बुआ यानी कि बुआ क्या है नाउन है बॉय जब नाउन हो तो नाउन से पहले हम क्या करेंगे आर्टिकल का प्रयोग यानी ए का प्रयोग किया हो यानी आर्टिकल का प्रयोग हो गया अब दूसरा रूल के हिसाब से आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन हो और नाउन की विशेषता बताने के लिए कोई एडजेक्टिव आ गया हो एडजेक्टिव आ गया हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं जैसे सेंटेंस में आपको एग्जाम्पल में ही इज एन ऑनिस्ट बॉय यानी कि इसमें जो है बुआ तो आप समझ रहे हैं कि इसमें नाउन है अब नाउन से पहले क्या है एडजेक्टिव आया है एडजेक्टिव जब आया है तो हम लोग क्या करेंगे एडजेक्टिव से पहले ए एन का प्रयोग करेंगे सिंपल तो इसमें ए एन का प्रयोग होगा ओके अब तीसरा रूल है आपके सामने आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन आया हो और नाउन की विशेषता बताने के लिए एजेक्टिव आया हो और एजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आया हो तो सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ओके जैसे एग्जांपल में आपके सामने है यू आर अ वेरी ये तो आपका नाउन हो गया ये आपका क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या हो गया एडवर्ब हो गया तो आपके रूल के हिसाब से एडवर्ब यानी एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जैसे कि यहाँ किया हुआ है एक अप्रयोग ओके अब आप लोग सोच रहे हो कि एक प्रयोग कहाँ करेंगे और ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे तो एक ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूँ उस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो हमेशा मतलब या इस चीज़ को हल कर सकते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और ए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे ओके तो जैसे कि कोई भी हम इंग्लिश में वर्ड चुनते हैं जैसे एग्जांपल में एप्पल हो गया अगर एप्पल आता है एप्पल मतलब सेव होता है मान लीजिए तो ऐप्पल को हिंदी में लिखते हैं तो पहले किस वर्ण से शुरू करते हैं वर्ण दो प्रकार का होता है हिंदी में आप सभी लोगों को मालूम होगा स्वर वर्ण होता है एक व्यंजन वर्ण होता है अगर लिखावट की हिसाब से जैसे यहाँ एप्पल लिखा हु मैं हिंदी में तो लिखावट के हिसाब से एप्पल जो है स्वर प्रथम में क्या आया है जो वर्ण है वो स्वर आया है पहला वर्ण क्या है स्वर आया है ए ए आया यानी स्वर आया इसका मतलब ए एन का प्रयोग करेंगे जहाँ पर पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो वहाँ पर ए एन का प्रयोग करते हैं और जहाँ पर व्यंजन हो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं जैसे एग्जांपल में आपका जैसे आवर हो गया आवर को हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे और से शुरू करते हैं और क्या है और तो स्वर है जब स्वर है तो हम क्या प्रयोग करेंगे ए एन का प्रयोग करते हैं और फिर वैसे ही यूनियन हो गया यूनियन बैंक भी होता है आप जानते हैं तो वैसे ही यूनियन लिखे तो यूनियन को हम अगर हिंदी में लिखते हैं तो यो से शुरू करते हैं इससे शुरू करते हैं हम सभी लोग से शुरू करते हैं और यह क्या है व्यंजन या फिर तो व्यंजन है जब व्यंजन है तो व्यंजन के पहले क्या प्रयोग करते हैं ए का प्रयोग करते हैं अब ए और एन में तो कभी नहीं होना चाहिए अगर इस रूल के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो, तो यह रहा आपके सामने इन डिफेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग अब अगले वीडियो में मैं मिलूंगा फिर से और द का रूल के साथ इसके लिए यही प्राप्त समाप्त थी